नमस्कार दोस्तों कानपुर कंटोनमेंट भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है तथा बनारस कंटोनमेंट बोर्ड में क्लार्क टीचर मंडवाई फ्री अदर पोस्ट के लिए उसका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें उत्तर प्रदेश कानपुर कंटोनमेंट बोर्ड 2022 के अंतर्गत इंपॉर्टेंट डेट आवेदन फॉर्म भरने की तिथि 13 दिसंबर से 13 दिसंबर 2022 से 13 जनवरी 2023 के बीच मध्य फॉर्म भरे जाएंगे एग्जाम डेट एग्जाम डेट अभी आई नहीं है एग्जाम होने के पूर्व आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा जनरल ओ वालों के लिए एक हजार फीस एससी एसटी वालों के लिए निशुल्क है ऑल वोमेन कैटेगरी निशुल्क आप पेमेंट किसी भी माध्यम से कर सकते हैं डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड अदर ऑनलाइन फीस मोड किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं यूपी कानपुर कंटोनमेंट बोर्ड एड लिमिट तेरह जनवरी दो हजार तेईस से लिया गया है टोटल पोस्टें नौ आई है मिनिमा मैच इक्कीस साल मैग्जिमा मैच है तेईस साल टोटल पोस्ट तीन है बेचलर डिग्री इन साइंस केमिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड एनिमल्स जो दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट टीचर की है बेचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ टी सीटीटी टी सी ईसीटी नोटिफिकेशन डाउनलोड के क्लिक करते हैं जैसे आप क्लिक करेंगे नया विंडो ओपन हो जाएगा छावनी परिषद कानपुर एंप्लॉयमेंट नोटिस सैनिटरी इंस्पेक्टर की इक्कीस से तीस साल तिरानवे सौ चौंतीस हजार आठ सौ से जीपी पी लेवल सौ असिस्टेंट सिक्स असटेंट टीजर्ट तिरानवे सौ चौंतीस हजार आठ सौ जी पी लेवल सिक्स ओ वालों के लिए इक्कीस से तेतीस साल के लिए है, जनरल वालों के लिए इक्कीस से अठारह साल सॉरी तीस साल के लिए अपर एज लिमिट एक सर्विस मैन के लिए दिया हुआ सन एट्टी इंस्पेक्टर में इसका सिलेबस रहेगा हिंदी इंग्लिश रहेगा सिक्सटी नंबर हिंदी इंग्लिश जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग बीस नंबर का जनरल एडवानेट दस नंबर इंग्लिश कॉम्पटिशन दस नंबर का रहेगा असिस्टेंट टीचर में कोर्स से संबंधित रहेगा ये दोनों मीडियम में आएगा हिंदी इंग्लिश पचास नंबर का जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू एस डिपार्टमेंट कैंडिडेट एक हजार रुपए फीस एससी एसटी एस टी एक सर्विसमैन के लिए निशुल्क है दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल की घंटी जरूर दबाएं जिससे कि वैकेंसी की का नोटिफिकेशन आने वाला सबसे पहले आप तक पहुंचे चलिए दोस्तों दूसरा वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा यूपी बनारस कंटोन कंटोनमेंट असिस्टेंट टीचर की यूपी बनारस में दोस्तों बहुत सारी वेगेंसी निकली है स्टाफ नर्स के भी निकले कंटोनमेंट जोन अप्लीकेशन बेगिन पंद्रह दिसम्बर दो हजार से 14 जनवरी 2023 के मध्य फॉर्म भरे जाएंगे एग्जाम एग्जाम डेट अभी आई नहीं है एडमिट कार्ड अभी नॉट अवेलेबल मेल कैंडिडेट के लिए एक हजार रुपए फीस फीमेल कैंडिडेट के लिए आठ सौ रुपए मात्र रुप फीस है एज की गाना एक जनवरी 2023 से की गई है मिनिमम एज है इक्कीस साल मैक्सिमम एज है तीस साल मेडिकल ऑफिसर के लिए तेईस से पैंतीस साल के लिए जूनियर क्लर्क बारहवीं पास प्लस टाइपिंग एक पोस्ट है असिस्टेंट टीचर बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम टी सीटीटी सी टी टी डीएड बी इत्यादि इसमें पोस्ट दो हैं डीएलएड मिड टोटल पोस्ट एक हैं बारवी प्लस ए एन एम सिक्स ट्रेनिंग पंप असिस्टेंट दसवीं प्लस आईटीआई आई, एक पोस्ट है इलेक्ट्रिशियन में एक पोस्ट हैं दसवीं प्लस आईटीआई टी आई, वार्ड बॉय एक पोस्ट हैं दसवीं पास केवल असटेंटी इन्वेस्टर एक पोस्ट हैं दसवीं प्लस सी टाइपिंग टेस्ट टू ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा है मेडिकल ऑफिसर एक पोस्ट एमबीबीएस डिग्री ऑनलाइन अप्लाई नोटिफिकेशन पर डाउनलोड करते हैं जूनियर क्लर्क में उन्नीस हजार नौ सौ से तिरसठ हजार दो सौ तक का पेमेंट रहेगा दोस्तों लेवल सेकंड असिस्टेंट टीचर की जनरल की एससी की एक एक पोस्टें हैं पैंतीस हजार चार सौ से एक लाख चौबीस हजार लेवल सिक्स मिडवाइफ़ कैटेगरी जनरल वन इक्कीस हज़ार सात सौ से लेकर उनहत्तर हज़ार सौ रुपये लेवल थ्री का पंप असिस्टेंट कैटेगरी एक इलेक्ट्रीशियन एक पोस्ट है कैटेगरी जनरल उन्नीस हज़ार नौ सौ से तिरसठ हज़ार दो सौ के बीच पेमेंट रहेगा वार्ड बॉय जनरल कैटेगरी पोस्ट एक अठारह हज़ार से लेकर छप्पन हज़ार नौ सौ तक लेबल एक असिस्टेंट पोस्ट एक जनरल उन्नीस हजार नौ सौ से तिरसठ हज़ार दो के बीच लेवल दो का पेमेंट मिलेगा मेडिकल ऑफिसर एम बी बी एस की डिग्री लोस्ट एक कैटेगरी जनरल छप्पन हज़ार एक सौ से लेकर एक लाख से तिहत्तर हज़ार पाँच सौ लेवल तेन, पंद्रह बारह दो हज़ार बाईस से फॉर्म भरे जाएंगे। चौदह जनवरी दो हज़ार तेईस को रात ते को ग्यारह बज के उनसठ उनसठ मिनट तक च, चलेगा एडमिट कार्ड का दिया हुआ दोस्तों नोटिफिकेशन आप ध्यान से देख लीजिएगा जूनियर क्लर्क कंप्यूटर जूनियर क्लर्क टाइपिंग टेस्ट जूनियर ग्रुप सी पहला नोटिफिकेशन इंग्लिश में था अब हिंदी में भी दिया हुआ है ध्यान से देख लीजिएगा मानता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट उत्तरी हिंदी इंग्लिश टाइपिंग कम से कम हिंदी में 25 इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट कंप्यूटर टाइपिंग की गति होनी चाहिए कंप्यूटर संचालन का डोयक सोसाइटी से मान्यता प्राप्त सी प्रमाणपत्र सी, -सी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त संस्था के समकक्ष स्तर का प्रमाणपत्र। पत्र सहायक अध्यापक टोटल पोस्ट दो हैं सामान्य की एक या सी की एक मानता प्राप्त से इस स्नातक की उपाधि होनी चाहिए दो वर्ष का बी और हो डी राज्य सरकार द्वारा आयोजित कक्षा एक से पाँच तक पात्रता की उत्तीर्ण होना चाहिए पैंतीस हज़ार चार सौ से लेकर एक लाख बारह हज़ार चार सौ के बीच पेमेंट रहेगी दोस्तों मेडवाइफ समान पोस्ट एक मान्यता प्राप्त तो बोर्ड से बारहवीं प्लस ए उत्तीर्ण होना चाहिए इसी फिका इलेक्ट्रीशियन कार्डवाइड आदि की भी वेकेंसी दी हुई है सहायक सफाई निरीक्षक एक पोष समान मान्यता प्राप्त से पंद्रह बारह दो हजार बाईस से चौदह जनवरी दो हजार बाईस के मध्य फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ से साइन इन करना दोस्तों इसके पहले आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी फर्स्ट नाम लास्ट नाम फादर्स नेम मदरस नेम डेट ऑफ़ बर्थ फी मेल फीमेल जाना ओबीसी जो भी कैटेगरी है आप लोग की मोबाइल नंबर यू जी पासवर्ड बनवा के सबमिट कर देना है आपको सबमिट करने के उपरान्त आप लॉग करेंगे यहाँ से लॉगिन करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों धन्यवाद दोस्तों अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें